दोस्तों नमस्कार फिल्म विजन स्टूडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है आप सभी का वेलकम है दोस्तो। दोस्तों दोस्तों यूं तो हजारों लड़के लड़कियां मेल फीमेल मुंबई जाते हैं एक सपना लेकर एक बड़ा स्टार बनने का सपना लेकर जाते हैं दोस्तों लेकिन सभी कामयाब नहीं हो पाते दोस्तों उसका सबसे बड़ा रीज़न है वो सीख कर नहीं जाते 90 परसेंट जो मेल फीमेल एक्टर बनने के लिए जाते हैं वो दोस्तों सीख कर नहीं जाते सीखते तो सिर्फ 10 परसेंट ही है दोस्तों जो सीख कर जाते हैं जो सीखते हैं वो कामयाब अवश्य होते हैं दोस्तों हर कामयाब कामयाबी का कोई ना कोई राज होता है दोस्तों और वो राज की बातें आज हम करेंगे वो कौन कौन से गुर है दोस्तों जिससे आप फिल्मों में सफल हो सकते हैं फिल्मों में कामयाब हो सकते हैं दोस्तों मैं आपको ऐसे पांच गुर बताऊंगा टिप्स बताऊंगा जिससे आप फिल्मों में सफलता पा सकते हैं और इसके साथ साथ आप अपनी पर्सनैलिटी में भी निखार ला सकते हैं दोस्तों दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगा पर्सनैलिटी की एक एक्टर की पर्सनैलिटी दोस्तों दोस्तों बहुत शानदार होनी चाहिए उसके बोलने का स्टाइल उसके चलने का स्टाइल उसके बालों का स्टाइल उसके बातचीत करने का स्टाइल और दोस्तों उसके सोचने समझने का स्टाइल उसके नजरमे का स्टाइल दोस्तों अगर पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो दूसरे भी प्रभावित होंगे जब दूसरे प्रभावित होंगे तो फिल्म लाइन में आप सभी को अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ जो नब्बे प्रतिशत लोग हैं उनको पूरी नॉलेज नहीं होती सिर्फ 10 परसेंट ही ट्रेनिंग लेते हैं और वो कामयाब भी होते हैं दोस्तों पर्सनैलिटी एक्टर के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों एक्टर के ड्रेस कोड का स्टाइल बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों और उसको एक लोक व्यवहार की नॉलेज होनी चाहिए क्या क्या बोलना है कैसे बोलना है कहाँ कितना बोलना है कहाँ चुप रहना है ये सभी बातें एक एक्टर की कामयाबी में सफलता में बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों और उसके बाद आता है दोस्तों बहाना जो लोग एक्टर स्टार बनना चाहते हैं और बहाने भी बहुत बनाते हैं वो कभी सफल नहीं हो सकते दोस्तों सफलता के लिए दोस्तों बहाने बनाना छोड़ना होगा जैसे मान लीजिए आज ऑडिशन है चाहे बारिश है आई है आंधी है तूफान है कुछ भी है जाना है तो जाना है दोस्तों एक संकल्प होना चाहिए कि मुझे आज का काम आज ही करना है कल का काम कल ही करना है दोस्तों बहाना हमारे जीवन में सबसे बड़ा पतन होता है हमारी लाइफ के लिए जो लोग हर बात पर बहाना बनाते हैं हर बात में नेगेटिविटी देखते हैं दोस्तों वो कभी कामयाब नहीं हो सकते तो दोस्तों हमें अपने आप को धोखा देना बंद करना होगा अगर हमें प्रोड्यूसर से डायरेक्टर से आज मिलना है ऑडिशन में आज जाना है तो दोस्तों आज ही जाना होगा लगातार प्रयास करना होगा और कभी भी आज का काम कल पर नहीं टालना होगा दोस्तों अभी नहीं तो कभी नहीं वाली आदत डालिए दोस्तों आप अवश्य ही सफल हो जाएंगे दोस्तों कंफर्ट जोन हमें सफलता के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा दोस्तों आज 90 प्रतिशत लोग कंफर्ट जोन के अंदर घुसे हुए हैं वो बाहर नहीं आना चाहते और नहीं वो कोशिश करते हैं इसीलिए वो असफल होते हैं जहां पर है वो वहीं पर रहते हैं दोस्तों सफलता के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा आज 10 परसेंट लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं वो सफल भी होते हैं और आज वो सफल भी हैं अब मान लीजिए दोस्तों एक एक्टर तीन से चार ऑडिशन देता है और अगर वो तीन से चार पर ही अटका रहता है उलझा रहता है तो समझो दोस्तों वो कंफर्ट जोन के अंदर है और मान लीजिए कोई एक्टर तीन से चार प्रोडक्शन हाउस में टीवी सीरियल प्रोडक्शन हाउस में जाता है उससे वो आगे नहीं बढ़ पा रहा तो वो अपने कंफर्ट जोन में है उसको चाहिए थोड़ा और प्रयास करे और प्रयास करे और प्रयास करे रोज़ाना प्रयास करता रहे दोस्तों अगर यही एक्टर दस में से एक एक्टर पहले तीन ऑडिशन देता था चार ऑडिशन देता था अगर वो दस ऑडिशन देने लग जाए रोज़ाना के तो आंकड़े बोलते हैं उसकी कामयाबी का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा अपनी जो सीमाएं हैं उनको लागना होगा अपना सौ प्रतिशत प्रयास करना होगा लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए दोस्तों जब तक हम अपना सौ प्रतिशत प्रयास नहीं करेंगे लगातार प्रयास नहीं करेंगे तो दोस्तों हम कामयाब नहीं हो सकते दोस्तों कंफर्ट जोन से बाहर आइए आप एक सफल एक्टर बन सकते हैं ये बात बिल्कुल सत्य है और निश्चित है और दोस्तों हमेशा अपने लक्ष्य पर नजर रखें लक्ष्य के लिए सीखें लक्ष्य के लिए समझें लक्ष्य के लिए प्रयास करें और लक्ष्य के लिए ही चलते रहें दोस्तों आत्मसम्पर्ण करना जरूरी है दोस्तों लक्ष्य के लिए आप एक साल का लक्ष्य बनाइए दो साल का लक्ष्य बनाइए पाँच साल का लक्ष्य बनाइए और दोस्तों बड़ा लक्ष्य हमेशा छोटे छोटे लक्ष्य प्राप्त करके छोटे छोटे काम करके प्राप्त होता है दोस्तों जैसे हम छत पे जाते हैं छोटे छोड़ छोटे स्टेप से जाते हैं और इंसान छोटे छोड़ छोटे कदमों से पाँच पाँच सौ किलोमीटर हज़ार किलोमीटर या इससे भी दुगना चार गुना जा सकता है दोस्तों कदम तो छोटे छोड़ छोटे होते हैं हर कदम महत्वपूर्ण होता है दोस्तों हर कदम महत्वपूर्ण होता है दोस्तों हमेशा सीखने की भावना रखिए समझने की भावना रखिए लक्ष्य के बारे में सोचिए कि मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है कैसे प्राप्त करना है मुझे क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है दोस्तों इसी बारे में सोचिए जुनून नशा जुनून जुनून कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों जब तक हम जुनून से काम नहीं करेंगे दोस्तों कामयाब नहीं हो सकते हमेशा लक्ष्य पे नज़र रखिए और रोज़ाना लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाते रहिए आप अवश्य ही सफल होंगे आप सफल एक्टर बन सकते हैं दोस्तों इसके लिए लगातार सीखना होगा समझना होगा प्रयास करना होगा अगर दोस्तों कई बार बीच में असफलता भी आती है तो दोस्तों घबराइए नहीं असफलता को भी आप सफलता मानकर चलते रहिए क्योंकि यह सफलता भी सफलता के बराबर ही होती है कहीं ना कहीं उसके आसपास सफलता खड़ी होती है दोस्तों लगातार प्रयास कीजिए आप अवश्य सफल होंगे आप अवश्य ही बड़े स्टार बनेंगे दोस्तों दोस्तों सोसाइटी ही हमें बड़ा बनाती है सोसाइटी ही हमें डाउन लाती है एक अच्छी सोसाइटी में जब हम रहते हैं तो वही हमारा सोच विचार हो जाता है वही चीज़ हमें देखने लगते हैं समझने लगते हैं और वैसा ही हम बनने की कोशिश करते हैं ये दोनों चीज़ें दोस्तों अच्छी और बुरी सोसाइटी दोनों पर लागू होती है दोस्तों एक सफल स्टार बनने के लिए दोस्तों आपकी फिल्म लोगों की सोसाइटी में रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोऑर्डिनेटर कास्टिंग डायरेक्टर इनसे दोस्ती बनाइए दोस्तों इनसे संपर्क बनाइए दोस्तों लगातार इनके संपर्क में रहे और समय समय पर इनको फ़ोन करते रहे ऐसा करने से दोस्तों विश्वास बनेगा और जब विश्वास बनता है दोस्तों कामयाबी अवश्य आती है दोस्तों तो अच्छी सोसाइटी में रहिए दोस्तों लगातार प्रोड्यूसर प्रोडक्शन हाउस या टीवी सीरियल प्रोडक्शन हाउस ऑफिस में जाते रहिए दोस्तों और नए नए लोगों से मिलिए हर रोज़ नए नए लोगों से मिलिए फिल्म लोगों से फिल्मी लोगों से इनके कॉन्टैक्ट नंबर रखिए कॉन्टैक्ट नंबर लेते रहिए अपनी लिस्ट को बढ़ाते रहें एक डहरी लगाएँ दोस्तों जो फ़िल्म फिल्म लोगों फिल्मी लोग हैं जैसे बड़े बड़े फिल्म कास्टिंग डायरेक्टर हैं या प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं नए नए लोगों के नंबर आप ऐड करते रहें और उनसे समय समय पर इशत्योहार पर मुबारकबाद देते रहें इससे रिलेशन बनेंगे जब रिलेशन बनते हैं तो दोस्तों कामयाबी मिलती है दोस्तों आज की वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताए लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस ज़रूर करें दोस्तों दोस्तों हमारा एक ही लक्ष्य एक ही उद्देश्य रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखकर आप लोगों को नॉलेज दे और आप कामयाब हो दोस्तों हमारी दुआ शुभकामना आप सभी के साथ हो दोस्तों फिल्म विजन स्टूडियो की तरफ से आज इतना ही था दोस्तों अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों